सोचिए बापू छोरा तेरा ग्यार सपने का मन्ने ना ख्याल से तारा ने मैं तोड़ के ने तड़े लेके आऊंगा तारा की रे बापू माला मैं पर ला लड़ावेगा तू के करूंगा के करूंगा के करूंगा जब याद खाली आवेगी रे के करूंगा